साथियों नमस्कार एक नए विषय के साथ आज आप सभी के सम्मुख पुनः हाजिर हों लग्न में यदि मंगल ग्रह बैठे हुए हैं तो कैसा प्रभाव रहेगा आप सभी के जीवन में आप लोग अपनी अपनी कुंडली उठा लीजिए और देखिए कि यदि आपके लग्न में मंगल हैं तो जो ये ये लक्षण है आप में जरूर पाए जाएंगे एक बात और बताना चाहेंगे ये जो हम आज टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं केवल मंगल ग्रह को मानक मानकर ही कर रहे हैं अन्य ग्रहों की भी स्थिति देखिए विचारणीय होती है तो दर्शकों लग्न में यदि मंगल है और उच्च का है देखिए मंगल मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में ये नीच के होते हैं तो यदि मंगल लग्न में बैठे हुए हैं उच्च के हैं तो जातक को बहुत ही तीक्षण बुद्धि तथा त्वरित निर्णय लेने वाले होते हैं सक्षम बनाते हैं जो जातक ऐसे होते हैं समस्या यदि आई इनका समाधान तुरंत ऐसे जो है जातक निकाल लेते हैं इनके अंदर समस्याओं को हल करने की अद्भुत क्षमता होती है लग्नस्थ मंगल का जातक सामान्य से अधिक उत्साही अधीर एवं साहसी होता है पराक्रम दिखाने से पीछे नहीं हटता है मंगल जो रहेगा बल और पराक्रम को बढ़ाने वाला माना जाता है ऐसे जातक आवेशित होकर कुछ भी कर बैठते हैं यदि लग्न में मंगल देव विराजमान है लग्नस्थ मंगल जो रहते हैं ये चिकित्सकों के लिए तो बिल्कुल समझ लीजिए कि वरदान साबित होते हैं लेकिन वकीलों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से हानिकारक माने जाते हैं लग्न के लग्न के मंगल जो रहते हैं ये जातक को बहुत ही अधिक स्पष्टवादी बनाते हैं जिसके कारण दूसरों को वह कभी भी कभी कभी आक्रामक जान पड़ता है लग्न में बैठा मंगल जातक को स्वभाव से क्रोधी परंतु मिलनसार बनाते हैं इनके दोस्त बहुत ही कम होते हैं अपने लक्ष्य के प्रति जातक बहुत ज़्यादा जागरूक होता है तथा उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास कठिन से कठिन परिश्रम करने से पीछे नहीं हटता है लग्नस्थ मंगल जातक को आत्मविश्वासी एवं महत्वाकांक्षी बनाते हैं ऐसे जातक प्रतियोगिताओं या प्रतिस्पर्धाओं से नहीं घबराते हैं बल्कि उसमें बहुत ही अधिक रुचि लेते हैं लग्नस्थ मंगल जातक का जो मन रहेगा इनको बहुत ज़्यादा क्रियाशील रखते हैं कानून को तोड़ने से ये लोग बाढ़ नहीं आते हैं, आते हैं और चोट इत्यादि दुर्घटना का भय ऐसे जातकों के लिए सदा बना रहता है बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं जिनके लग्नस्थ मंगल होगा लग्नस्थ मंगल के जातकों को मांसपेशी और रक्त संबंधी रोगों से सावधान रहना चाहिए प्रजनन संबंधी रोग ज्वर पीड़ा तथा जलने कटने की घटनाएं इन जातकों के साथ यदाकदा रहती है मतलब आए दिन चला करती है लग्नस्थ मंगल जो बच्चे होते हैं तो दांत जब इनके निकलते हैं यदि आपका बच्चा जो है हुआ है और देख लीजिएगा कि लग्न में यदि मंगल जो विराजमान है तो जब दांत उसके निकलेंगे तो निकलते समय बहुत कष्ट रहता है अग्नि तत्व राशि मेज सिंह धनु में मंगल जातक को बहुत ज़्यादा साहस एवं पराक्रम प्रदान देता है धार्मिक कर, कर्मकांड में इनकी विशेष रुचि नहीं रहती है दूर रहते हैं परंतु जो ऐसे जातक रहते हैं सत्य एवं न्याय के पक्षधर रहते हैं वही अग्नि तत्व राशि का मंगल जातक को पुलिस या सेना संबंधी कार्यों में सफलता देता है फायर से रिलेटेड कोई बहुत बड़े अधिकारी बनते हैं आई ए खास करके आईपीएस सेना में जो है बहुत बड़े पद पे ये लोग जाते हैं जिनका मंगल उच्च का है वही भूतत्व राशि की यदि हम बात करें वृषभ मकर कन्या का तो ऐसे मंगल दूषित होने पर जातक को क्रूर बनाते हैं कठोर बनाते हैं अपने विवेक से काम नहीं लेते हैं दूसरों के कहने पर चलते हैं और इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम जी हाँ अहंकारी बनाते हैं लेकिन यदि मंगल शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो सपोज करिए लग्न में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बन गया हो तो फिर जान जाइए कि जातक जब तक जीवित रहेगा कभी भी उसको धन की कमी नहीं रहेगी उसका नेम और फेम हमेशा जो है प्रसिद्धि का कारण बना रहेगा ऐसे जातक सरकार में भी किसी बहुत बड़े पद पर होते हैं और एक बात और बता दें दर्शकों वायु तत्व की जो राशि रहती है तुला कुंभ मिथुन का मंगल यदि दूषित हो तो जातक प्रणय संबंधों में असफल रहता है और अपने ही गलतियों के कारण ये अपने रिश्तों को प्रथक कर लेते हैं मंगल के दर्शकों तीन दृष्टि है चौथी सातवीं और आठवीं दृष्टि वही यदि मंगल जल तत्व राशि कर्क वृश्चिक मीन का हो तो जातक को जलीय सेवाओं में कार्यरत करता है पुलिस से रिलेटेड जलीय सेवाओं में सपोज करिए आप सेना में गए लेकिन आपका सिलेक्शन इंडियन नेवी में हो गया तमाम ऐसे लोग मर्चेंट नेवी में भी रहते हैं जिनका लग्नस्थ मंगल रहता है या जल तत्व राशि में जो रहते हैं कर्क वृश्चिक मीन राशि में तो जलीय सेवाओं में ये लोग कार्यरत रहते हैं और एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों लग्न में यदि मंगल बैठा हुआ है और फोर्थ हाउस में मकर राशि उदित हो रही है मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ पड़ी अपनी उच्चस्त राशि पर तो ऐसे जातक के पास जो प्रॉपर्टी रहेगी उंगलियों पर रहेगी ये आप जान जाइए वही जो सप्तम दृष्टि मंगल की रहती है दर्शकों ये पत्नी के घर पर रहती है तो पत्नी से तो तू मई में विवाद रहेगी हमेशा जो है देखिए जब ग्रह उच्च के होते हैं मान लीजिए मंगल यहाँ पर जो है लग्न में मकर राशि में उच्च का बैठा है और अपनी सप्तम दृष्टि दे रहा है कर्क राशि को अर्थात अपनी नीच राशि को तो पत्नी के साथ संबंध मधुर नहीं रहेंगे दूसरा जातक बिजनेस करेगा तो अपनी ही चीज़ें जो है अगले के ऊपर पार्टनर के ऊपर थोपेगा तो इस कारण पार्टनरशिप में भी ठहराव नहीं आ पाता है तो ये सब चीज़ें दर्शकों जो है लक्षण हैं लग्न में मंगल होगा तो क्या क्या होगा उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा दर्शकों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए दीजिए इजाज़त मिलते हैं हमने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार